ई मच दुनिया च दुहाई गई मच दुनिया च दुहाई सादा सो पैदा होया असद खुशी मनाइए गई मच दुनिया च दुहाइए गई मच दुनिया च दुहाई